वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टैक भाई की दोस्तों मेरा नाम है अमन और दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी पेन ड्राइव को बूडोवेल बना सकते हैं दोस्तों वूडेवल दोस्तों हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम विंडो इंस्टॉल कर सकें ठीक है तो दोस्तों पेन ड्राइव को वूडोवल बनाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी जिसका नाम है रिफ्यूज़ ठीक है आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है इंटरनेट से ठीक है और दोस्तों वूडेवल हम बनाएंगे विंडो के लिए पेन ड्राइव ठीक है तो हमको विंडो की आई फाइल भी डाउनलोड करनी पड़ेगी आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है दोस्तों एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और एक हमको करनी फाइल डाउनलोड है उसके बाद हमारी पेन ड्राइव वो डेबल बनेंगी तो दोस्तों सबसे पहले हम पेन ड्राइव को कर लेते हैं कंप्यूटर के अंदर ये हमने पेन ड्राइव इंसर्ट कर लिया कंप्यूटर के अंदर ठीक है दोस्तों सबसे पहले हम पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर लेंगे ठीक है अगर वो खाली है पूरी तो भी हम इसको फॉर्मेट कर लेंगे ठीक है दोस्तों यहां से मैंने फॉर्मेट कर लिया पेनड्राइव ठीक है अब ये पूरी खाली है ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है आपको रिफ्यू सॉफ्टर को ओपन करना है यहाँ से आपको यस करना है उसके बाद दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने सो होगा आपको ये ऑप्शन दिख रहा है सेलेक्ट वाला क्या सेलेक्ट करना है हमको आई फाइल ठीक है सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है और जो हमने विंडो की फाइल डाउनलोड करी है वो यहाँ से हमको सेलेक्ट करनी है दोस्तों हमारा विंडो टेन की भी है इलेवन की है एट की भी है एट प्रो की भी है और विंडो सेवन की भी है हम फाइनली फाइनलीवन को ही कर लेते हैं ठीक है यहां से मैंने को आपको सबसे नीचे और ओके पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों दोस्तों यहाँ से हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारी पेनड्राइव जो है ये वोडेबल होना स्टार्ट हो चुकी है तो दोस्तों मैं थोड़ा वीडियो रोक देता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि पेन ड्राइव हमारी वूडेबल हुई है या नहीं यहाँ से मैं एक बार वो देख लेते हैं पेन ड्राइव हमारी वूडेबल अभी नहीं है ठीक है यहाँ से पेन ड्राइव पर हाइड हो गई ठीक है दोस्तों क्योंकि अभी ये फॉर्मेटिंग लग रही है ना जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें पेनड्राइव सो गए ठीक है तो दोस्तों उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए इतने वीडियो को रोक देते हैं ठीक है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि रिफ्लिश बुक कैसे डाउनलोड किया जाता है ठीक है और दूसरी चीज़ मैं आपको विंडो डाउनलोड करना भी सिखाऊँ कि विंडो डाउनलोड कैसे किया है, ठीक है शायद आपको आता होगा कि विंडो कैसे डाउनलोड करनी है और फिर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो आप पेन ड्राइव को बुढ़े आराम से बना सकते हैं दोस्तों 98.1 परसेंट हो चुका है दोस्तों लास्ट में बहुत टाइम लगाता है तो दोस्तों ये मैं सोच रहा है कि इसको कैंसिल करें दोबारा से स्टार्ट करें ठीक है थोड़ा सा वेट कीजिए थोड़ा सा टाइम लगाता है लास्ट में ज़्यादा दोस्तों ऐसा आप देख सकते हैं टास्क हमारा कम्प्लीट हो चुका है और जब आपका ये रेडी आके लिख दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ से आप देख सकते हैं रेडी लिखा हुआ आ चुका है और जब आपका ये रेडी लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाइए कि आपकी पेन ड्राइव गुडेबल हो चुकी है दोस्तों आपको सिंपली आपको करना क्या है उसके बाद आपको क्लोज पर क्लिक करना है यहाँ से हमने क्लोज़ कर दिया है ठीक है उसके बाद दोस्तों हमको अपनी पेन ड्राइव एक मिनट देख लेते हैं कि बूटेबल हुई है नहीं अभी हमारी बिंडो की पेन ड्राइव जो है नहीं हुई है ठीक है आपको सिंपली करना क्या है पेन ड्राइव को निकालना है रिजेक्स करनी है कंप्यूटर से ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको दोबारा से इंसर्ट करनी है कंप्यूटर के अंदर आपको पेन ड्राइव यहाँ मैंने दोबारा स्टार्ट की और यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों पैंड्राइव हमारी बूढ़े वाल हो चुकी है इसका आइकन भी यहाँ से चेंज हो चुका है दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने का तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय टेक केयर